आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टोटल पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ठीक है जो आपके आने वाली भर्ती हॉस्टल वार्डन अमीन भर्ती और हो गया आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती साथ ही आपका आने वाला एग्जाम हॉस्टल वार्डन हो गया ए हो गया है उसके बाद मैसेज ना करें ना छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टोटल पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा टोटल हम पचास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ में आने वाली भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी तो चलिए देखते हैं आज के टोटल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला प्रश्न छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की होती है तो आपका छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, है, है? आपका का आद्र महाजलवायु होती ठीक है, है? उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखिए मैं पूरा आपको डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा ठीक है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है आपका डी होगा अबुझ की पहाड़ी आंसर भी मैं डायरेक्ट ऐसा पीडीएफ लेकर आया हूँ जो आपके आंसर भी दिया रहेगा साथ में ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी प्रश्न है आपका सी जी रुव्यापा में पूछा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी जी रुव्यापा में पूछा गया है पीएससी 2012 में निम्नांकित में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य फैलाव पाया जाता है जो फैलाव है आपका उत्पाद्रीय उपाद्रीय महाद्वीप महाद्वीपी में पाया जाता है ठीक है उपाद्रीय महाद्वीपी में पाया जाता है राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है तो राज्य का राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा जुलाई और अगस्त याद रखना शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है जो शीत ऋतु होती है ना आप सभी को मालूम होगा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वो कौन कौन सा होता है यह आपका दिसंबर में सबसे कम वर्षा होती है जबकि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त अबुजमाड़ जो क्षेत्र है राज्य के कौन से जिला अबूज मतलब नारायणपुर ठीक है नारायणपुर जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और राज्य के किन की, किन जिलों में मध्यम यानी कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में वर्षा होती रहती है तो ये आप सभी को मालूम होगा सरगुजा में महासमुंद धमतर ये सभी चीज है जो थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा मौसम की वजह से बारिश होती रहती है फिर यहाँ पर पी 2012 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निर्मय में से एक होती है कौन सी लौटते हुए मानसून से ठीक है छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है तो 10 जून याद रखना ठीक है 10 जून से प्रारंभ होता है वर्षा का प्रथम आगमन जलवायु के आधार पर मान लीजिएगा जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है ये कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग तैयारी कर रहे हैं व्यापम पीएससी का ठीक है जो लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती हॉस्टल वारन एस आई मेन्स साथ ही एडीओ की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके जाइएगा कि च्छत, च्छत, एक मिनट ना चिपक गया है यहाँ पर जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोगों कितने भागों में विभाजित किया है तीन विभागों में कौन कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही जलवायु को कितने भागों में व्यवहार किया गया है सब कमेंट करके बताएं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुज की पहाड़ी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबुज की पहाड़ी को कहा जाता है और मई माह में राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थल मई की जरूरत नहीं है सर्वाधिक गर्म स्थान होता है आपका चांपा ठीक है जांजगीर चांपा जिला छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा जो चक्रवाती वर्षा है आपका सरगुजा ठीक है कौन सा है सरगुजा और जसपुर याद रखना ठीक है छत्तीसगढ़ में जांजगीर चापा के बाद देखिए आप छत्तीसगढ़ में मान लीजिएगा है ना जो आपका जांजगीर चापा है उसके बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है तो रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है ना जांजगीर चांपा के बाद आपका रायगढ़ जिला आएगा उसी प्रकार पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा मेन पार्ट तथा जसपुर को न्यूनतम पाव वाले क्षेत्र ऐसा किस कारण होता है तो देखिए कर्क कर रेखा से दूरी के कारण होता है समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण होता है वनों का अधिक के कारण होता है, का है। यानी कि सभी होगा बिल्कुल सही है राज्य में अधिकतम वर्षा किस किस में होता है तो सभी ज़िला में उसको छोड़ दीजिएगा छत्तीसगढ़ गर्म महीना मई होता है छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने देखिए ठंडा कब होता है आपका दिसंबर और जनवरी में उसको जाड़ का मौसम कहा जाता है जाड़ का मौसम किसे कहा जाता है तो जाड़ का मौसम आपका पी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जाड़ का मौसम दिसंबर और जनवरी में गर्म स्थान बार और वही वही पूछा जाता है न्यूनतम दर्जे ये भी पूछा गया जाता है ये भी देखिए अब छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून किस शाखा से होती है तो बंगाल की खाड़ी शाखा किससे बंगाल की खाड़ी राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो राज्य है आपका सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यह का दक्षिण पश्चिम लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है मध्यम वर्षा कौन सा मध्यम छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तपानता सर्वाधिक होता है मार्च महीने में ठीक है कौन सा मार्च कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिकतम तापांतर होता है मैं ये भी पूछा गया है राज्य में ये भी आ गया है राज्य किस महीने ये भी पूछा गया है जलवायु के आधार पर यह भी छोड़ो उसको मैगल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला है जो पूर्व है आपका वही वृष्टि छाया है देखिए आंसर सी लिया है महगल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया जगदलपुर यह भी क्षेत्र नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक वर्षा है भी देखिए छत्तीसगढ़ में जसपुर में जलवायु स्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य में कितने क्षेत्रों बांटा गया चार ठीक है जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से ना छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन दस जून ये भी, भी रिपीट हुआ है किस जलवायु को छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है सूर्य का मतलब होता है शीतलहर शीतलहर शीतलहरों लहर। को सूरी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु यह भी पूछा गया है छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु यह भी आ चुका है बार बार कोई दिक्कत नहीं ना छत्तीस देखिए यहां पर छत्तीस क्वेश्चन कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है किस माह के मध्य रहता है फरवरी ठीक है अब टोटल हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ग्रीष्म ऋतु सवाल पूछा जाता है। देखिएगा ग्रीष्म ऋतु अवधि 16 फरवरी से 15 जून तक अब 16 से 15 जून याद रखना सर्वाधिक मई माह है ना अब मई के जून के का हवाएं चलती है सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा सर्वाधिक औष्ट तापमान रायगढ़ जिला में कुछ भाग में बताया था आपको ठीक है ये आपका होगा ग्रीष्म अब वर्षा ऋतु जो वर्षा ऋतु है आपका याद रखेगा जो वर्षा ऋतु है, है ना अवधि सोलह से पंद्रह वर्षा ऋतु मतलब सोलह जून से स्टार्ट हो जाता है उसको हम दस जून से प्रारंभ मानते हैं दस जून से प्रारंभ होता है और सोलह जून से स्टार्ट हो जाए पानी गिरना ठीक है मानसून प्रवेश दस जून से पंद्रह जून के बीच में और ये जो स्टार्ट हो जाता है वर्षा ऋतु अब तो प्रदेश का नब्बे इसी ऋतु में होती है अब प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है औसत वर्षा औसत वर्षा आपको बताया था ना तेरह मिमी से लेकर तेरह मिमी है ना माइनस में माइनस आकर दक्षिण पश्चिम से आप शीत ऋतु के बारे में जानते हैं ठीक है छत्तीसगढ़ की जलवायु वाली क्लास में करा चुका हूँ ये अभी मैंने कराया है पूरा इसके बाद में आपको ये शीत ऋतु वाला क्लास चल रहा है अवधि सोलह अक्टूबर सोलह अक्टूबर से पंद्रह फरवरी वर्षा पश्चिम से ठंडा स्थान मैन सर्वाधिक ठंडा दिसम्बर सबसे ज़्यादा दिसंबर और, और जनवरी ओके चलिए आज के लिए इतना ही है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेली क्लास लाएंगे ओके वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा थैंक यू